साधु बहण महा माया की कवि लो का बखान करी खुला खुला भामी खुला खुल्ला I do. सब सुबत आसन anya mm -hmm. फेर फेर तो करो कभी लोग धम करोली